तो आज तो हो गया सैटरडे और हमें जाना है ग्रोसरी खरीदने के लिए पिकली वन से हम लोग खरीद रहे हैं यहाँ पर क्योंकि हम लोग के पास अभी गाड़ी नहीं है तो पैदल जाके जिसके पास ही नया सुपरमार्केट मिला है वहाँ तो जाके पूरे हफ्ते के लिए जितनी पास हमारे फ्रिज में घुसा है लेके आएंगे यहाँ से बाहर जाने से पहले वो इम्पॉर्टेंट में टेम्परेचर चेक करना बाहर कितना टेम्परेचर क्योंकि हर दिन और हर वक्त हर घंटा यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है और वेदर तो ये हो गया माइनस ट्वेल्व डिग्री अभी आप देख रहे हैं माइनस ट्वेल्व डिग्री सेल्सियस से वेदर तो ये टेम्परेचर के अनुसार हमें कपड़ा पहनना पड़ेगा एक बार बाहर चेक करते हैं कैसा फील होता है सो okay. so so, से आपको नजारा देखता हूँ एक पहाड़ो आप देख सकते हो ऑलरेडी जितना स्नो गिला था दो दिन पहले सारा आ, जमा हो चुका है और नीचे भी आ, वो एक पर्टी स्लॉट है एक दो गाड़ी है जिसमें पूरा स्नो से कवर्ड है बंद तो करते हैं पहले और पहनता हूँ कपड़ा इसके हिसाब से। ये अभी माइनस ट्वेल्व है और मेरे मेरा दूसरा जैकेट है वो माइनस चार पांच तक ही कोवर्ड करता है तो नीचे एक तो स्वेटर टाइप का एक शर्ट व उसके पड़े तो, तो हो जाएगा हो जाएगा ग्लोव ग्लोव ना बहुत ज़रूरी है नहीं हाथ में बहुत ठंडा लग है तो एक ग्लोव में बाहर जाके पहनूंगा उससे पहले जूता पहन लेता हूँ और अपना कान जो है कान में ठंडा नहीं लगता वो कान ऐसे भी हम लोग आजकल मास्क पहनते हैं बट उसके सिवा भी अपने कान कोई टोपी जो माफियर से थकना होता है ये जूता स्नो बुट नहीं है ये नॉर्मल शू है आ, जो स्नो बुट है वो अभी तक पहुंचा नहीं है वो अपना जो सामान है अदा सामान तो वैसे नहीं फंसा हुआ है वो नेक्स्ट वीक तक आने की उम्मीद है तो उसमें मेरा एक स्नो बुट है जो आ, इसका जो शो है वो थोड़ा अलग सा होता है ज़्यादा थ्रेड उसमें तो जो स्लिप नहीं है। मैं हो गए हो तैयार ले लेते मनी बैग और और सामान इसको जाते नीचे के और ले लेते ले ले तो तुर। अब पूरा सेफ हो जाऊंगा मैं और इसके ऊपर लगाना है हमें मास्क ये मास्क बहुत इम्पोर्टेंट है तो ले हमने मास्क खरीदने के लिए और कुछ चाहिए था। हाँ। अभी चाहिए मुझे एक बैग जिसमें सामान डाल के मैं ला सकता हूँ क्योंकि प्लास्टिक का बैग जो है आ, फ्री नहीं मिलता है यहाँ पे चार्जेबल तो हम लोग बाहर जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए तो एक बैग लेके जाते हैं तो मैं अभी नीचे जा दिखाता हूँ आपको नज़र कपड़ा और मास्क पहन के अपना बैग तो नीचे जाके मैं थोड़ा दिखाता हूँ कैसे चलो दो बैग भर के तो सामान लेके आया लेकिन लेकिन इसको लाते लाते मेरा हालत हो गया ख़राब इतना वजन है और है ऊपर से ठंडक तो मैं देखा था क्या आटा लाया मैंने आज जाके फ्रेश फिश मिला ये आपका पंपिनो फिश है नाइन डॉलर का लेकिन क्लीन दो दिनों के बाद लेकिन इसका प्रॉपर्ली क्लीन नहीं है मैं क्लीन करके डॉलर का आया एक हो गया बारह हाँ अंडेड लाया होम एक, एक ब्रेड होमस्टाइल ब्रेड इस, इसमें कट नहीं है इसको कट करके या तोड़ के खाना पड़ेगा और लाया ये बड़ा चिल्ली चिल्ली का चटनी और हरी धनिया के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है तो और ये बड़े इंग्लिश गाजर ये ये देखिए फ्रेश गोभी गोभी या क्या है पता नहीं कितना okay. तो अलग लिखा है इसमें देखने में तो बंधा गोभी लग रहा है हो गया हमारा बस शॉपिंग अभी जाके पकाते लंच तो आज के लिए इतना ही सीएम नेक्स्ट टाइम